पागलपन की सभी हदें पार की हैं मैंने चीन किए गए तेरे हर मैसेज पर फिर से निगाह दी है मैंने जानता हूँ वो गलती से भी गलती नहीं हो सकती तुमसे मुझे मैसेज कर दो हाय रब्बा वो ऐसे गुनाह नहीं कर सकते खुद से